पापा आप अपने से एक दिन में जाएंगे पुजा गए पागे मिलो सब एक बार एक पुलिस सर्दी दराबे और नसी भी गए है है है ना ना उन्हें वो की आई मेरा भागा भागा मैं तुम्हें फा तफा कर